सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया था कि पंद्रह महीने की सरकार में उन्होंने जनता से किए वादे पूरे क्यों नहीं किए इस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या जिसके बाद शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने वचन पत्र में वादा किया था कि दूध उत्पादक कृषकों को दूध सग के माध्यम से पांच बोनस देंगे लेकिन कृषकों को कोई भी बोनस नहीं मिला है चुनाव आते ही नेताओं का एक दूसरे पर तंज कसना तेज हो जाता है शिवराज सिंह चौहान अब कमलनाथ पर जमकर वार कर रहे हैं पहले शिवराज ने कमलनाथ से पूछा था कि 2018 के वचन पत्र में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा क्यों नहीं किया न ही गेहूं चना सरसो पर बोनस दिया अब सीएम ने कमलनाथ से दूसरा सवाल किया है कि आपने 2018 के वचन पत्र में कहा था कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर ₹5 बोनस देंगे आपने कृषकों को ₹1 भी बोनस नहीं दिया सवा साल में आपने ढेला भी नहीं दिया इसका जवाब तो देना पड़ेगा कमलनाथ ने भी शिवराज के तंज का जवाब देते हुए कहा की मुख्य अपना रिकॉर्ड दे सवाल पूछना मुख्यमंत्री का काम नहीं है कल हमने कमलनाथ ऐसी कमलनाथ जी ऐसी सवाल पूछा तो वो बौखला गए अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है तुम जनता को भ्रमित करते रहो झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं कमलनाथ जी तुमने इधर उधर की बात करी ये बता के काफिला क्यों लुटा तुम ये बताओ बातें पूरे क्यों नहीं किए मैं फिर कह रहा हूं कल मैंने पूछा था कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था गेहूं चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे ढेला नहीं दिया ढेला और अब फिर भरमाने निकले जवाब देना पड़ेगा पहले दिए वादे पूरे क्यों नहीं किए बोनस नहीं दिया उसका जवाब दो और आज दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूँ हम पूछेंगे कमलनाथ जी आपने कहा था 2018 के वचन पत्र में कि दूध उत्पादको कृषकों को, को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर पांच रुपया बोनस देंगे ढिला दिया क्या सवा साल में जवाब देना पड़ेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है